भाई पैर से लात मारकर कार को उठा लिया और ये शकुनी मामा एरोप्लेन में थे तो थो उसको थोड़ा सा छुआ तो सीधा वो अंडरग्राउंड घुस गया अरे भाई यार तो सोशल मीडिया पर सब कुछ मिल जाता है अरे कुछ लोग तो रील्स में इतना इम्पेक्टफुल बातें बोल जाते हैं कि ये फिल्म भी इनके सामने बहुत ही फ्लोप लगे क्या सोच तेरी माई लाइफ माई रूल्स माई स्टाइल माई एटीट्यूड You love me me? or hate me. I don't care. वाओ यार मैं आपको बोल रहा रोहित शेट्टी की भी अच्छी से अच्छी फिल्में इसके सामने है। लेकिन, अरे लेकिन टी सी मार्वल एवेंजर जैसी भी फिल्में इनके सामने फ्लॉप है यार ये इतनी इम्पैक्टफुल रहती है सब पर आपको नहीं पता ये हॉलीवुड को भी हरा चुकी है क्या कर रहे हैं यार तुम मजाक है क्या अब भी भाई भाई इसका तो अलग ही शौक है भाई ये इधर से खुद रहा है उधर से खुद रहा है मुझला तो इंडिया का है ही नहीं भाई जा पूछ क्या अरे हमने एवेंजर्स की जितनी भी फिल्में देखी गई ना सारी फेंक थी भाई एवेंजर इधर से आ रहा है आयरन मैन उधर से आ रहा है स्पाइडर मैन उधर से आ रहा है ये है ही नहीं मल्टीवर्स भाई असली मल्टीवर्स तो आपकी आपको दिखाने वाला हूँ अब भाई असली फंड ये होंडा आ गई एक और हॉन्डाई हो पीछे से हेलीकॉप्टर है भाई अरे हाथ में इसके दो सिलेंडर आ गए वो भी उसके ऊपर फेंक दी हैलीकॉप्टर के ऊपर अब ये जैसे मारेगा लात जाएंगे भाई यही असली अलग ही इसके किया। ये भाई तो है भाई छोटा भाई बड़े भाई को परेशान कर रहा है लेकिन इससे भी एक हाइट वाला बंदा है वो जाके खुदी है हाथ में उठा के निकल लिया ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ अरे भाई असलीत यह है इन लोग की जो हजार रुपए की अगर एडिटिंग अच्छे से अच्छी होती है वो उनको अच्छी नहीं लगती ताकि वो सौ रुपए की कोई एडिटिंग रहती है सस्ती हल्की फुल्की वो उसको तो अच्छी लग जाए क्यों उसका एक रीज़न है ये अगर एक वीडियो पे हजार रुपये उड़ाए दे तो फिर आठ वीडियो पे आठ हजार अगर एक वीडियो पे सौ रुपये उड़ाए तो आठ वीडियो पे आठ सौ उड़े कंट्रोल अगर मैं गं� आपको ईजी सवाल पूछूँ कि इंस्टा पर फिल्टर क्यों है तो आपके इजीली आंसर रहेगा अगर सेल्फी हम उठाए ले तो उसमें फेस अच्छा दिखे थोड़ा अच्छा है ठीक है हालांकि ये रियल लाइफ में नहीं है लेकिन फ़िल्टर अच्छा कर दे लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्टर्स हैं जो आप तो ठीक है शौक के मारे हैरान तो नहीं हो पाओगे क्योंकि आप ही फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो लेकिन जिसने भी गलती से भी आपका फ़ोन उठा लिया ना भाई उसको आई रूम में स्पीड में लेके जाना पड़ेगा वन की हालत में बहुत ही ख़राब हो जाएगी डेंजरस। wow, भाई हम देखते हैं हॉलीवुड में कि भाई स्पाइडरमैन सबको हेल्प करता है वो सबका इंस्पिरेशन है भाई उसके सुपर हेरोपर सुपर, सुपर हीरो है सबका भाई। लेकिन वही स्पाइडरमैन हमारे इंडिया में आ जाए तो वो एक साल में नहीं एक हफ्ते के अंदर ना कुछ ऐसा हो जाएगा दे दुर्टी दुर्टी दुर्टी दुर्टी। दुर्टी। दुर्टी। ये देख लो बीट पे बुट्टी बुट्टी करता है स्पाइडरमैन इंडिया में आकर पर बीट का बुट्टा तो गाइस अब फाइनली औकात भी नहीं है यही नहीं अभी और सुनिए लेकिन फोटो एडिटिंग करने में भाई वो इतना खतरनाक कर देते ना हमको पता नहीं चलते फोटो एडिटिंग मैं आपको कुछ फोटो एडिटिंग दिखाने वाला हूँ जो आपको तो क्या मुझे भी पता नहीं चला ये एफिल के ऊपर खड़ा है भाई ये कोई अच्छी सी कार है उसके ऊपर बैठा है ये हॉन्डा के ऊपर कौन एक्ट्रेस बैठी है मुझे नहीं जानता ये देखो ये मैं नहीं बोलूँगा एक्ट्रेस का नाम ये तो मुझे, मुझे भी नहीं पता कौन है ये अपने चिट्टी द है ये सलमान भाई अपने और ये भी सलमान भाई है अब इतना तो हमें पता लग गया कि ये फोटो एडिटर इंसान के अंदर तो आती नहीं है कुछ और ही एलियन वलियन है लेकिन अब एलियन को इंसान ज़्यादा एनिमल से हो चुका है प्यार ये आप फोटो एडिटिंग ही देख लीजिए खैर इन एलियन को छोरो ये तो फोटो एडिटिंग थी अगर ये रियल लाइफ में होते ना तो इनको खर्चा खा जाना था ठीक है खैर ये फालतू तो एडिटर तो आते रहेंगे और इनके ऊपर रोफ भी आते रहेंगे भाई मैं आज तक इतना नहीं बोला जितना इस वीडियो में, में बोल चुका हूँ ठीक है अगर ये रोफ थोड़ा बहुत अच्छा लग तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर देना और अपना ही यूट्यूब है तो अपने यूट्यूब को थोड़ा सपोर्ट दिखा दो सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं अभी वीडियो में तब के लिए मैं भी फोटो एडिटिंग सीखने जा रहा हूँ अबे गॉड यार एक पे तो फोटो सिखा दे यार मुझे हेलीकॉप्टर को एक उंगली में पकड़ना है अभी तेरे को मैं सौ रुपए दे दूंगा यार सिखाना